विचित्र है मिलन हर बात निराली विचित्र है मिलन हर बात निराली हर ओर नज़ारा है अद्भुत हर ओर हर नज़ारा अद्भुत